आपका नेट बैंकिंग सिस्टम सेफ है? सेफ है, है, यदि सोशल मीडिया पे आप अपना यूज़ क्या वो जी हाँ क्योंकि हम जानते हैं जो इन सब चीजों के पीछे होते हैं इनको सेफ और अनसे सुगाज so आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हैकर्स कौन होते हैं क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं और उनके काम करने का तरीका क्या होता है और इस टेक्निकल दुनिया में उनकी किस तरह से हुकूमत है हैकर so मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे और किसी भी तरह की वीडियो को आप मिस ना करें सो गाइज मेरा नाम महफूज बीर आलम आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडवांस डिजिटल भारत चलिए शुरू करते हैं जैसा कि हम बात कर रहे हैं हैकर्स की, करें तो हैकर्स तीन तरह के होते हैं व्हाइट हेड ग्रे हैट हैकर्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो टर्म्स है, है, है, है और जो गुड गाइज होते हैं उनको व्हाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है सो so इसी तरीके से वो ये टर्म्स वहां से ड्राइव किया गया है, है व्हाइट हेड और ब्लैक हेड सबसे पहले हम व्हाइट हेड है ये लोग कौन होते हैं so एथिकल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कि एथिकल्स का मतलब मतलब होता है एथिक्स मतलब एथिक्स जो लोग भी हो सकते हैं या किसी, अपनी, किसी के भी हो सकते हैं किसी जैसा की कि मैं आपको बताता तो, हूँ किसी कंपनी ने एक मतलब अब उनको ये लगा कि ये सॉफ्टवेयर में कोई सिक्योरिटी रिस्क है, है तो या कीकर की उनके एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और किसी थर्ड पार्टी के लोग भी हो सकते हैं लेकिन इनका एक होता है, ये किसी की परमिशन के बिना किसी की मर्जी के बिना किसी के सिस्टम में इंटर नहीं करते हैं जब उनको परमिशन मिलती है किसी सिस्टम ओनर के द्वारा कि आप हमारे सिस्टम में हमारे सॉफ्टवेयर में या हमारे नेट बैंकिंग के मैनेजमेंट सिस्टम में आप इंटर करें तो ही वो इंटर करते हैं और इंटर करके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सिस्टम में जो भी खामियां होती हैं जो भी एरर्स होते हैं जो भी हैकिंग रिस्क होते हैं वो उस सिस्टम मैनेजमेंट ओनर को बता दिया जाता है और उनको उसके बदले में सैलरी या जो भी चार्जेस होते हैं वो उनके वो मिलते हैं अगर इम्प्लॉयी है तो सैलरी मिलेगी और अगर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो जो भी उनके चार्जेस होते हैं वो लेते हैं लेकिन वो किसी तरह का गलत काम नहीं करते वो परमिशन के बाद इंटर करते हैं और इंटर करके सिक्योरिटी रिस्क जो होती है वो उन्हें बताते हैं और ठीक भी करते हैं ये होते हैं के जो एथिकल हैकर्स हैं।